नए साल की शुरुआत सात दशमलव पांच शून्य लाख कर्मचारियों के लिए फायदेमंद रही चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर सौगात दी है सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत तक कर दिया है जिससे कर्मचारियों को छह सौ से लेकर नौ तक का फायदा होगा चुनावी साल में अब सरकार सभी पर मेहरबान हो रही है मुख्यमंत्री कई घोषणाएं कर रहे हैं शिवराज सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा दिया है जिससे साढ़े सात लाख कर्मचारियों को ₹600 से लेकर नौ तक का फायदा होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को डीए पिछले साल एक जुलाई को ही दे दिया था इस वजह से ये डीए ए एक जुलाई 2023 से लागू होगा वित्त विभाग की तैयारियों के हिसाब से चार प्रतिशत के भुगतान में सरकार पर हर साल